ध्यान क्या है इस छोटी सी घटना को समझे चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है वह बड़ा कवि था बड़ा सौंदर्य पारखी था कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ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 चीखा और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ कुछ घट गया चांद सिंह अपने आप से ही जैसे बोला हा मिस्टेकन आवाज हा मिस्टेकन आवाज रेज द स्क्रीन एंड सी द दर्ल्ड कैसी मैं भूल में भरा था कितनी भूल में था मैं पर्दा उठाओ और जगत को देखो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 उस घड़ी का नाम ध्यान है पहले तो क्षण क्षण को होगा कभी कभी होगा और जब तुम चाहोगे तब न होगा जब होगा तब होगा क्योंकि चाहे की बात नहीं चाहे तो विचार आ गया, यह तो कभी कभी होगा इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना खूब गहरे पकड़ लेना यह तुम्हारी चाहस से नहीं होता है ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाह से नहीं होती ये तो कभी कभी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 निकल गए लेट गए लान पर टिक गए वृक्ष के साथ आंखें बंद कर ली पहुंच गए नदी तट पर लेट गए रेत में सुनने लगे नदी की कलकल -कल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कही नहीं रहा हूं क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान तुम जीवंत प्रकृति को खोजो इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा जंगल चले जाओ वहां प्रकृति नाचती तारों तरफ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 कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं परोक्ष मार्ग है तुम शिथिल रहो आहिस्ता से चलो आपाधापी छोड़ो एक घंटे के लिए कम से कम चौबीस घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में संगीत सुनो कि पक्षियों के गीत सुनो कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो अपनी सांस सुनो बुद्ध ने तो इस पर बहुत जोर दिया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 और तुम हैरान हो जाओगे किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है अचानक सब एक हो जाता है तुम मिट गए संसार मिट गए पहले पहले तो क्षण को ऐसी झलके आएंगी खो जाएंगी जब खो जाएं तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना अन्यथा वे कभी ना आएंगी जब खो जाएं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 तुम्हें मौका मिल गया बैठ जाओ अपने बिस्तर में रात के सन्नाटे को सुनो ये बोलते हुए झिंगर ये रात की चुप्पी ये सारा जगह सोया हुआ सारा कोलाहल बंद जरा सुन लो ऐसे शांति से ये शांति तुम्हारे भीतर भी शांति को झंकारेगी ये बाहर गूंजती हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा करेगी प्रतिध्वनि पैदा करेगी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 लेकिन जब तुम्हें लगे कि हां अभी भीतर घड़ी आती मालूम पड़ती विचार कुछ कम हैं तनाव कुछ कम है मन कुछ प्रफुल्लित है आनंदित है यह घड़ी है लोग अक्सर उल्टा करते जब उनका मन दुखी होता तब ध्यान करते हैं लोग दुख में भगवान को याद करते हैं ये तो जब उल्टी हवा बह रही तब बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना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 समाप्त कर लो अपने को न कोई कृतज्ञता न कोई धन्यवाद का भाव उठता दुख में कैसे उठे लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते मस्जिद जाते भगवान को याद करते प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते और मैं तुमसे कहता हूं सुख में ही घटता है सुख के क्षण में ही तुम गरीब से करीब होते हो उस समय सरक जाना उस समय लेट जाना जमीन पर शास रख देना सिर्फ भूमि पर ठंडी गीली लान पर लेट जाना आख बंद कर लेना उस सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी के साथ एक हो रहे पृथ्वी के साथ और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कब जाता कोई नई बीन बजती धीरे दीर धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि कब इसके होने के क्षण होते कैसी दशा होती तुम्हारी जब यह निकटता में घट जाती है बात और कैसी दशा होती तुम्हारी जब यह मुश्किल होती है बात फिर तुम पहचान पर पड़ जाओगे तुम्हारी आत्मविज्ञान तुम्हारा प्रतिभिज्ञा तुम्हारी पहचान धीरे दीर धीरे साफ होने लगेगी पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है मगर ध्यान घटता है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 अकबर और अशोक भी ना रहे होंगे ऐसे प्रसन्न बड़े से बड़े साम्राज्य के मालिक ऐसे प्रसन्न न रहे होंगे इसके पास कुछ भी नहीं या तो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा डाले चूस रहा। लेकिन कुछ घट रहा है अभी पर्दा खुला ही है अभी विचार उठते ही नहीं अभी भीतर की बीन बज रही है यहूदियों में एक कथा है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते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 तुम फिर कुछ भी करो व्यर्थ मालूम पड़ेगा धन कमाओ पद कमाओ सुंदर से सु सुंदर पत्नी हो पति ले आओ अच्छे से अच्छे बच्चे हो बड़ा मकान हो कार हो कुछ भी सानना मालूम पड़ेगा अगर वो सुख याद रहे तो यहूदी कथा कहती है कि एक देवता उतरता करुणा और हर बच्चे के माथे पे सिर हाथ फेर देता है उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता उसे भूल जाता परमात्मा सुख भूल गया फिर ये जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा उस पर्दे को से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते देवता ऐसी मूर्ता नहीं कर सकते लेकिन समाज बंद कर देता है पश्चात कहानी उसी की सूचना दे रही माँ बाप परिवार समाज स्कूल बंद कर देते हैं पर्दे को डाल देते